सा है बेवजह जो ना तुझा सके इस सादा हसी मौत होगी नहीं तेरी बाहों में हम मर सके ख़तम हो हम्म तो